get it one I'm oh, running. Bunny, beautiful bunny. My game, mere bichh mein zare mein. Koi wafa kyun nahi karein? Bichh mein zare mein. My game, my game, my game. Mere bichh mein zare mein. Koi wafa kyun nahi karein? Bichh mein zare mein. My game, my game, my game. Kya ta paigham kala kala kala? Mere naal tu se nazar. Chikar da dilad ho ta tu aur jikalifa. kunda poroge kage dikuli te dewa re ta mang dikuli hai lefo far tu ke na ya na taro aur <laughs> dj pe baji ja lo angrezi bhasha ni body teri phadi kisi ho to milo hit ni kum ke kum ke ne factory hai bru mar de pa to mari सब मुझे भाओ तेरी फिर भी सबको बता रहा हूँ तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर में बना रहा हूँ मेरी थोड़ी कटा रहा हूँ मुझे मीनू बड़ी पसंद है मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी क्या अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ रहती है अब भी क्या अब भी जाके पहली टिकट कर डालना सब इम mm -hmm. दिसो कुछ हुआ है असर Mcore in your Romeo, Romeo. rekane pane hoge djmcore 1 2 3 let's go ते